यूट्यूबर के लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों फैन थे एक बहुत ही खतरनाक बाइक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों ये मोटर ब्लॉगर थे